नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका घोषाल मक्खी चैनल पर तो कैसे हो आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज हम फिर लेकर आ गए हैं एकदम बिल्कुल ताज़ा एकदम लेटेस्ट गेम प्ले जिसमें केवल केवल धुआंधार मार है और कुछ नहीं है तो आप लोग पूरा गेम प्ले देखकर ही जाइएगा मज़ा नहीं आएगा तो पैसा वापसी है पूरा तो हम सब लोग उतर लेते हैं ओल्ड बेची और यहाँ पर एक दिस बंदा आ गया है उसको मैंने मार दिया है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अच्छे अच्छे गेम प्ले इस पर देखने को मिलते रहेंगे एक बंदा यहाँ सामने वाले घर पर है हमारे टीममेट को डैमेज दे रहा था लेकिन मैंने सोचा कि नेटबाजी कर दी इस बमबाजी के लिए आपको तो एक लाइक बनता ही बनता है तो मेरे नेट से एक दो छत पर बंदा था वो डाउन होकर नीचे आ गया है तो मैं इसको पूरा फिनिश कर देता हूँ तभी उसका टीम मेट आ जाता है मैं समझ नहीं पाता हूँ इस ट्वेल्व के लेकर मुझे भी नॉक कर देता है जबकि मुझे कोई नॉक नहीं कर सकता था लेकिन इसने नॉक कर दिया है अब मेरा टीम मेट देखें इसको मार पाएगा या नहीं मार पाएगा मुझे रिवाइव दे पाएगा नहीं फाइव चल रही है लेकिन आखिरकार उसने मार दिया और मुझे जल्दी से रिवाइव कर पे मुझे रिवाइव देने के लिए घर के अंदर बुला रहा था उसने रिवाइव दे दिया है छोटी मोटी लूट फूट होती है और फिर चल देते हैं बंदों को मारने के लिए ओल्डेसन में बहुत सारे बंदे आ जाते हैं और देखिए इस तरह से आप एक छत से दूसरी छत पर जा सकते हो मैंने सिगरेट जला दी क्योंकि एक बंदा भी एक फुटा रहे थे और बंदा पता नहीं यहाँ पर कैंपर था क्या था मेरे टीम मेट ने उसको मार दिया कुछ नहीं था ये बोर्ड था लेकिन जब तक के पता नहीं चल गया तब तक के सावधान रहना ही उचित तो होता नहीं तो मार दिए जाओगे बोर्ड के चक्कर में तो मैं अपने टीम मेट को बुला रहा हूँ कि आओ आओ चलो लेकिन वो लूटने में मस्त है भोड नंबर एक का लुटेरा है अब भी, भी नहीं आया है और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो जिससे हमको और भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे तो मेरा टीम मेट आ गया है अब हम यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि जितने भी बंदे थे यहाँ पर मैंने हम दोनों ने मिलकर मार दिए हैं अब कहीं दूसरी जगह पर चलते हैं यहाँ पर अधिक से अधिक बंदे हों क्योंकि मुझे रसिंग गेम पसंद है छुप छुप कर खेलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो अब मैं सोच रहा था कि मैं ड्रॉप लूट लूं, लेकिन हमको लगा कि किसी ने लूट लिया था इसलिए हम यहीं पर उतर लेते हैं और एक बोर्ड खड़ा में हमने इसको लिया है एक किल बढ़ाने के लिए तीन खिल हो गए हैं मैंने इसको फिनिश भी कर दिया है लेकिन यहाँ पर बंदे हैं इस घर में दो स्कॉट हैं फुटारे हैं बहुत ज़बरदस्त मुझे याद है क्योंकि मैंने इस ट्वेल्व से उठा ली है अब कोई खतरा नहीं है ये मेरी फेवरेट गेम है मैं बहुत अच्छी चलाता हूँ ये देखो, आराम से कैंपिंग के बैठे थे लेकिन हमारे टीममेट मेट को इसने कर दिया था और देखिए ये आ गए इनको ये नहीं पता है कि और भी अंदर टीममेट कैसे ऊपर से कूद रहे हैं जैसे आसमान से बारिश हो रही हो इनको पता नहीं कि वो साल मक्खी खेल रहा है बच नहीं पाओगे और इसी तरह से मैंने सबको लपेट लिया है पेड़ के रामपाल बन, राम रामपाल बना दिया है मैं तो सोच रहा था पहले कि पेड़ ही दूँ रामपाल बात को बनाऊं लेकिन हमें तो जाता है कोई खिल न चुरा इसलिए तो पेड़ के रामपाल ही बनाना मैंने उचित समझा और एक बंदावर हो गया इसको भी मैंने फिनिश कर दिया इस तरह से मेरे आठ किल हो जाते हैं और यहाँ यह जो इस जगह पर बहुत सारी पेटियाँ ही पेटियाँ हैं हमारा टीम मेट लौटने नहीं में था लेकिन अभी तो तो तो तो बना के तो ना और ये मार दिया लेकिन इसको ये नहीं पता कि गोशाल मक्खी खेल रहा है वो दूसरे पास एक ही खेल के हैं इस तरह से फिर से मेरे टीम मेट के ऊपर अटैक हुआ पता नहीं कि मेरे टीम मेट को ही बार बार ये नॉक कर रहे हैं मैंने दोनों की पेटी बना दी और इस तरह से मेरे 10 किलो हो जाते हैं लेकिन डैमेज मेरे टीममेट ने दिया था उनको जिनको मैंने मारा है लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मेरे टीममेट मेट को ही सब लोग डाउन कर देते हैं अब यहाँ पर बंदे पहाड़ी पर बहुत हैं जो भी हैं वो सब पहाड़ी पर देखिए इस हेट इस हेड के लिए तो एक लाइक बनता है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए ए वनडे बहुत ही ख़तरनाक हैं ऊपर से ए डब्ल्यू चला रहे हैं लेकिन हमारा टीममेट भी बहुत खतरनाक है ए एम मार रहा है बराबर लेकिन कभी कभी बोटों जैसी हरकत कर देता है लेकिन इस मैच में तो बहुत अच्छा खेल रहा है ए एम से हमको नीचे नहीं आने दे रहा और हम हम चला रहे हैं ऑटो पर और ये मेरा कुछ एम सही नहीं बैठ रहा है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आपकी बार मैं नॉक ही कर दूं, फिनिश ही कर दूं, लेकिन फिर भी शायद सेंसिटिविटी गड़बड़ हो गई मेरे स्कोप की सही कर लिया मैंने आपकी बार ये दिखाए मुंडी अपनी दिखा दिए लोग आपकी बार फिर बस फिनिश हो गए रामपाल बन गए बंदा बचा है एक और हम बचे हैं दो लोग लगता है चिकन हो जाएगा या नहीं होगा ये तो बात को पता चलेगा अब उसको ढूंढना है कहाँ पर है बंदा बंदा दिख गया मैंने उसके ऊपर नेट कर दिया है नेट से ही मर जाएगा इस नेट के लिए और मेरा चिकन डिनर हो जाता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए मिलते हैं अगले वीडियो में